हाँ दोस्तों आज हम जानेंगे एम एस वर्ड में रिज्यूम को कैसे बनाया जाता है तो और चलिए हम लोग अपने एम एस वर्ड में चलते हैं और देखते हैं कैसे रिज्यूम बनाया जाता है उसके लिए हम डबल क्लिक करके एम एस वर्ड की फाइल को खोलेंगे खोल लेते हैं और खोलने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे ऊपर वाले बार पे या तो हम लोग पहले बार्डर को बना लेते हैं जिससे देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा तो होम इंसर्ट और जाएंगे पेज लेआउट पे पेज लेआउट पे जाने के बाद हम लोग पेज बॉर्डर पे जाएंगे पेज बॉर्डर पे जाने के बाद हम तो लोग यहाँ पे आएंगे बॉक्स पे बॉक्स पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम लोग ओके कर देंगे आप लोग जो भी बॉर्डर यहाँ से चुनना हो तो आप लोग बॉर्डर चुन सकते हैं या हाँ तो जो सिंपल है उसी को रहने देते हैं ज़्यादा डिजाइनिंग बार रिज्यूम में बेटर नहीं होगा इसलिए हम लोग इसको ही इस चुन रहने देते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं और देखिए पैटर्न बन के आ गया और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिज्यूम बना रहे हैं इसलिए हम लोग सबसे एडिंग ऊपर रिज्यूम होगी कैप्सलॉग दबा के हम लोग रिज्यूम लिख कैप्सॉग दबाएँगे और रिज्यूम लिखेंगे Yes, हो गया फिर हम लोग इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं बड़ा करेंगे सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से और सिलेक्ट करने के बाद होम पे जाएंगे कंट्रोल के साथ आरो दबाएंगे हम लोग तो बड़ा हो जाएगा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं और फिर मिडिल वाले पिन क्लिक करके कंट्रोल ई के साथ मीडिय में हो जाएगा और इसको भी बोल्ड कर लेंगे हम कंट्रोल बी दबाएंगे और सिलेक्ट ही रहने देंगे और कंट्रोल बी दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा और हम लोग यहाँ पर कहीं पे साइड भी क्लिक करते हैं फिर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और फिर थोड़ा सा बैक करेंगे चला जाएगा शुरू में और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नेम और जो फंड का साइज़ है उसको हम कम कर लेते हैं थोड़ा सा बीस है तो हम लोग सोलह कर लेते हैं और लिखते हैं नेम नेम नेम जो भी हो जैसे राहुल है राजू ही रहने देते हैं इंटर करते हैं और डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं डी ओ डी ओ बी डेट ऑफ बर्थ हो गया इसका मतलब लोग करेंगे जो भी हो जैसे दस 2 हजार है फिर इंटर करेंगे अपना विलेज डालेंगे विलेज हो गया फिर हम लोग जो भी आप लोग का विलेज हो विलेज इंटर कर लीजिए फिर इंटर प्रेस करिए फिर पोस्ट लिखिएगा पोस्ट हो गया फिर जो भी आप लोग का पोस्ट हो पोस्ट इंटर कर लीजिए हम एक्स एक्स इंटर एक एक एक करते हैं तो फिर डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे हो गया फिर हम लोग यहाँ पे इसको करेंगे फिर एक्सएक्स डालेंगे फिर मोबाइल नंबर डालेंगे मोबाइल नंबर लिख लेते हैं पूरा मोबाइल नंबर हो गया मोबाइल नंबर में जो भी आप लोग का मोबाइल हो मोबाइल नंबर हो मोबाइल नंबर इंटर कर लीजिए इंटर कर लीजिए फिर उसके बाद हम लोग ईमेल डालेंगे ईमेल लिख लेंगे जो भी मेल हो ईमेल एक्चुअली में रहता है इसलिए कं कर टल को दबा के इसमें इस्तेमाल में लिख लेंगे ऐट द रेट जी मेल डॉट जीमेल डॉट जी मेल डॉट कर देंगे फिर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे ऑब्जेक्टिव लिख लिखें अपने बारे में जो भी हो थोड़ा सा उसको लिख लेंगे और इसकी साइज़ को थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देंगे बढ़ा करने के लिए फिर दबाएँगे फिर इंटर प्रेस करेंगे फिर लिखेंगे टू इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं बहुत ज़्यादा हो गया साइज बीस कर देते हैं नहीं तो अट्ठारह कर देते हैं और इंटर प्रेस करेंगे 2 remember the mari talent and skill 2 stand possible for the defendant and of the colonization and two kelong the organization is for so that for so that can elder ability and professional professional test 2 4 करेंगे और हम लोग यहाँ पे जो भी मुल्क का एजुकेशन होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एडिंग मनाएंगे इस इसको भी थोड़ा सा साइज को हम लोग बड़ा कर लेते हैं साइज बोल्ड कर लेंगे और इंटरप्रेस करेंगे और इसके बाद हम लोग कुछ टेबल बनाएंगे टेबल बनाने के लिए हम लोग पाँच कॉलम ऐड करेंगे यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर टाइप प्रेस करेंगे नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे क्वालिफिकेशन लिखेंगे क्वालिफिकेशन हो गया फिर टाइप क्रिक बोर्ड लिखेंगे बोर्ड हो गया फिर टाइप प्रेस पासिंग लिखेंगे पासिंग हो गया एयर पासिंग फिर परसेंटेज लिखेंगे फिर टाइप प्रेस करेंगे तो इसको हम लोग पहले सेट कर लेते हैं ऊपर बार जो है यहाँ पे करेंगे थोड़ा साइज बढ़ाएंगे इस तरह साइज जो हम कॉलम का मैनेज कर लेंगे देखे हो गया मैंने तो आप फर्स्ट नंबर डालेंगे फिर टेंथ हैं आप लोग टेंथ लिखेंगे टाइप प्रेस करेंगे नेक्स्ट वर्ड जाएंगे, जिस भी बोर्ड से आप लोग हैं तो ये बोर्ड आप लिख लीजिएगा जो भी आप लोग का बोर्ड हो बीआर बोर्ड हो मध्य प्रदेश बोर्ड जो भी बोर्ड हो जिस सब में आप पास किए हैं पासिंग या डाल दीजिए टाइप प्रेस करिए कितना परसेंटेज आप बनाए हैं परसेंटेज पू कर दीजिए नेक्स्ट कॉलम में जाइए सेकंड में आप दूसरी दूसरे आप दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है फिर टाइप प्रेस करेंगे मान लीजिए आपका ट्वेल्थ है ट्वेल्थ है टाइप प्रेस करेंगे नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे जो भी आपका बोर्ड हो बोर्ड आप लोग डिसाइड कर लीजिए कौन सा बोर्ड है आप उस बोर्ड को यहाँ पे डालीजिएगा टाइप प्रेस कर लीजिएगा कि तो ये पास सेलेक्ट करिए पासिंग है जितना परसेंटेज है उस परसेंटेज को डालिए इस हो गया परसेंटेज को डालने के बाद आप लोग नेक्स्ट अब यहाँ पे कुछ और हम लोग डाल देते हैं जैसे पर्सनल डिटेल्स हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं आप लोग को अगर कुछ टेक्निकल ज्ञान हो जैसे त्रिपलसी हो या और कुछ जानते हो तो आप लोग इसी तरह यहाँ पे टेक्निकल ज्ञान लिख के आप लोग यहाँ पे सर्च लिख लीजिएगा उसको फिर देखिए नेक्स्ट पेज पे हम पे लोग जाने के लिए पेज लेआउट पे ही जाएंगे पेज लेआउट इंसर्ट पे जाएंगे और ब्रेक पेज करेंगे इंसर्ट पे जाने के बाद ब्रेक पे और वो पेज खुल के आ जाएगा तो इसको हम लोग उठा के फर्स्ट वाले पेज पे करते हैं कितना पेज कई पेज खुल गया क्या तीन पेज लग रहा है क्या है लोग यहाँ पे सेट कर लेंगे और यहाँ पे पर्सनल डिटेल लिखेंगे साइज पर्सनल डिटेल लिखेंगे डिटेल्स हो गया इसको सिलेक्ट करेंगे अब थोड़ा साइज का हाइट को बढ़ा देंगे फिर सब फोन पर जाएंगे बोल्ड कर देंगे बढ़ाने के बाद हम तो लोग इंटर करेंगे और फिर लिखेंगे फादर ने साइज को बढ़ा लेते हैं बहुत ज्यादा छोटा हो गया है यहाँ पर लिखेंगे इंटर करेंगे फादर्स नेम डालेंगे लिखो फेस करते हुए जाएंगे हम लोग यहाँ पे जो भी आपका फादर्स नेम हो इंटर कर लीजिएगा फिर मदर ने मदर्स ने, नेम में भी इसी तरह कर लीजिए फिर नेशनैलिटी डाली जाएगा इसको लिखेंगे। इस लिखे लिखे इसको लिखेंगे स्पेस करते हुए जाएंगे सब इधर उधर मत लिखिएगा इंडियन करिए अपना जो भी सेक्स है उसको लिख लीज स्पेस दबाते हुए जाएंगे और यहाँ पे जो भी मेल है मेल या फीमेल जो भी है अपना उसको लिख लीजिएगा फिर मैरिटेल्स स्टेटस लिख लीजिए मैरिज है तो मैरिज लिख लीज अन अनड है तो अनड लिख लीज अनड है इसको कर लीज लैंग्वेज जो भी आप लैंग्वेज जानते हैं लैंग्वेज लैंग्वेज वहां पर लिख लीजिए जो भी लैंग्वेज जानते हो आप लैंग्वेज को लैंग्वेज हो गया हम हिंदी और इंग्लिश डिक्लेरेशन में फिर हम लोग थोड़ा सा लिख लेंगे डिक्लेन में इंटर करेंगे और डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन में लिखेंगे इसके साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और बोल बोल्ड भी कर लेंगे इसके बाद एंटर में करेंगे फिर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आई formation provided by name in the region ऑफ एंड टरफियर करेंगे हम लोग यहाँ पे डेट लिख लेंगे अब आप प्लेस लिख लेंगे इस तरह से हमारा रिज्यूम बनके तैयार हो जाएगा दोनों पेजों को इसके बाद हम लोग हाँ लास्ट में लोग चाहते रहते हैं तो यहाँ पे अपना एक फ़ोटो लगा सकते हैं तो फ़ोटो लगाने के लिए इंस्टॉट पे जाएंगे हम लोग इंस्टॉट पर जाने के बाद पिक्चर क्लिक करेंगे आप लोग जहाँ भी फ़ोटो रखे होंगे उस फोटो को सर्च कर लीजिए ऐसे हम लोग पिक्चर में एक पिक्चर इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे फार्मेट पे जाने के बाद इन फॉन्ट ऑफ टेस्ट है इसको हम क्लिक करेंगे और उठा कर ले जा कर हम लोग उसको जिस भी पेज पे करना चाहते हैं उस पेज पे हम लोग उसको रख देंगे राइट right क्लिक करते हुए लेफ्ट क्लिक बटन को देखिए कितनी आसानी से जाता है बीच जो आइकन बन जाए उसके बाद ले जाइएगा और इसको ऊपर से तीर जब बन जाए तो इसको नीचे की तरफ खींचेगा छोटा आ जाएगा और अपने मन मुताबिक इसको ले जा सेट कर दीजिए और इसको पीडीएफ बनाने के लिए यहाँ पे आइकन पे जाएँगे हम लोग सेव एच करेंगे सर भाई यहाँ पर पी का ऑप्शन आ रहा है इस पर जाएँगे और जिस तरफ डेस्कटॉप पे हम लोग इसको रखना चाहते हैं डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और इसको पब्लिश पे क्लिक कर देंगे और इस तरह से बन जाएगा क्लोज प्रोग्राम बोल रहा है इसलिए इस तरह ही बन जाएगा आप आप लोग देख सकते हैं थैंक यू अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू